तो है गाइज आज मैं आपके लिए लाया हूँ 25 फाइव 35 का हाउस प्लान एक बेहतरीन हाउस प्लान तो देखिए कैसे मैंने इसको डिज़ाइन किया है पहले हम प्लॉट साइज 25 फाइव इंटू का मेज़रमेंट लेंगे उसके बाद से अपना ये तो इसका आउटर वॉल ये ड्रॉ कर दिया मैंने उसके बाद से अब में अंदर में आउटर वाल आपको one plate, sorry, 250 mm, यानी कि टेन इंच का रखना है एंड इनर वाल फाइव इंच का वन ट्वेंटी फाइव एम का रखना है अभी मैं इसका स्टेयर ड्रॉ कर रहा हूं आप देख सकते हो कितने कम जगह में मैंने इसका स्टेयर किस का प्रोविजन किया है यहाँ पे जो कि एकदम बेहतरीन बैठेगा आपके घर में इस्टेयर का ट्रेड एंड राइजर आपको उसका साइज मैं बता दूँ आपको एक आइडिया मिल जाएगा आपको ट्रेड रखना है टेन इंच एंड राइजर फाइव इंच का ये बेहतरीन रहेगा आप चाहें तो अपने हिसाब से रख सकते हैं अगर आपको इसके बारे में नॉलेज हो तो मेरे को जितना नॉलेज है मैंने आपको बताया है इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा तो देखो मैंने जैसे इसको प्लान किया है इसमें आपको एक पार्किंग का स्पेस मिलेगा आपको एक छोटा सा लॉन मिलेगा दो बेडरूम्स इसमें मैंने प्लानिंग किया है और कितना आगे जो कुछ भी आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो देखिए अब ये मैंने इसका प्लान अब अब ये प्लान मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है अब मैं आपको इसको अच्छे से कलर करके दिखाऊंगा ताकि वेंटिलेशंस विंडोज़ आपको अच्छे से मतलब समझ में आ सके इसमें मैंने आपका विंडो का साइज वेंटिलेशन साइज दूर का साइज ऑल डोर्स एंड टॉयलेट डोरस सबका साइज मैंने प्लान किया है सबका हाइट लंबाई चौड़ाई मैंने प्लान करके रखा कर है आगे आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो अब मैं चलो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है आपका ये कलर में होने के बाद से आपको फुल डायमेंसन आपके साथ शेयर करता हूँ सो फ्रेंड्स अब मैं इसका डायमेंसन आपके साथ शेयर करता हूँ तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये मेन गेट उसके बाद से एंट्री करेंगे अपने पार्किंग एरिया में जिसका साइज मैंने रखा है एट फीट एट इंच बाई टेन फीट टेन इंच का बेहतरीन होगा ये उसके बाद से अपना ये लॉन्ग आप पे यहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं जिसका साइज मैंने रखा है सेवन फिट सिक्स इंच बाय फोर फिट फोर फिट का फोर फिट इंच का और ये अपना बात कम लेटरिंग जिसका साइज मैंने रखा है फोर फिट फोर इंच बाई एट फिट वन इंच का उसके बाद से अपना ये डाइनिंग जिसका साइज मैंने रखा है नाइन फीट टू इंच बाय नाइन फीट फाइव इंच का सॉरी नाइन फीट टेन इंच का उसके बाद से अपना ये ड्राइंग जिसका साइज मैंने रखा है सेवन फीट बाय टेन फीट का ये बेहतरीन होगा आप यहाँ पे टीवी भी, भी लगा सकते हैं और वास्तु के हिसाब से सब ये मैंने प्लान किया उसके बाद से अपना लॉन्च जिसका साइज मैंने रखा है नाइन फीट टू इंच बाय सेवन फीट फाइव इंच का उसके बाद से अच्छा है ये उसके बाद से अपना ये यहाँ से स्टीयर अप इसका साइज मैंने रखा है टू फीट नाइन इंच वाइड बेहतरीन होगा ये टू फीट नाइन इंच में उसके बाद से अपना ये ओ टी घर में हवा एंड लाइटनिंग बनी रहेगी उसके बाद से अपना ये किचन जिसका साइज मैंने रखा है सिक्स फीट बाय सेवन फीट नाइन इंच उसके बाद से बढ़ते हैं अपने बेडरूम की तरफ जिसका साइज मैंने रखा है थर्टीन फीट वन इंच बाय एलवन फीट का एंड दिस इज आवर सेकेंड बेडरूम जिसका साइज मैंने रखा है एलवन फिट बाई टेन फिट का अभी अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अगर नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो कोई बात नहीं इसका वॉल साइज मैंने रखा है नाइन इंच का आउटर एंड इनर फाइव इंच का एंड वेंटिलेशन टू फीट बाई वन फीट का एंड विंडो साइज़ फोर फीट बाई फाइव फीट थ्री फीट बाई फाइव फीट आप जो भी चाहें रख सकते हो एंड डोर का साइज मैंने रखा है थ्री फीट सिक्स इंच बाई सेवन फिट का सो so यही है आज का प्लान गाइफ मिलते हैं एक नए हाउस प्लान के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाय लव यू ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग मई वीडियो